सुनेगा क्या वारदात से नहीं जनाब मैं तो भला करने से डरता हूँ क्या वारदात से नहीं जनाब मैं तो भला करने से डरता हूँ कुछ पेंडिंग हो तो बताना मैं हिसाब बहुत अच्छा करता हूँ